हाय गाइस तो आप लोग बताओ कैसे हो और इस तरह पूरी एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा कि आपको इसमें ज्वाइन होने का और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो सब आपको पता चलेगा तो इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए लाइक कीजिए अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसमें आप हमारे साथ बने रहें और हम आपके साथ अपने विचारों को और अपने मेन मेन वर्डों को आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि जो मुझे पता है वो आपको भी पता हो होनी चाहिए YouTube के बारे में क्योंकि जो मैं जानता हूं मैं आप पर डिस्क्राइब करूंगा आपको डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा और आप जो जानते हैं वो डिस्क्राइब करके आप अपने अगले बंदे को बता सकते हैं अपने ऑडियंस को बता सकते हैं जिससे आपको ये भी फायदा होगा कि आप जो पता होगा तो उस बंदे को भी पता चलेगी बातों पे आते हैं जिससे आप यहाँ पे हमारी वीडियो देखने आए हैं तो चलिए आज हम ये वाले वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर आखिर हमें YouTube ज्वाइन करना क्यों है तो हम आज बात करेंगे YouTube के बारे में क्या बात करेंगे कि YouTube ज्वाइन क्यों करना है लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म है बट यूट्यूब को ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं आखिर YouTube में ऐसा है क्या कि सभी लोग YouTube पे आजकल शॉर्ट YouTube का वायरल हो रहा है आखिर क्यों तो इसके बारे में ही हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं तो YouTube भैया यू स्थापना 2005 में किया गया था YouTube का उस समय इसे बनवाने में इसे कितने लोगों की आवश्यकता पड़ी अस्सी हजार अस्सी हजार लोग की आवश्यकता पड़ी इसे बनाने में जिस कारण से और इस पे एक मिनट में आपसे बहत्तर घंटे की वीडियो इस पर डाली जाती है अगर आप इसे देखने बैठें तो आप 12 साल लग जाइए एक दिन की वीडियो देखने तो आप सोच सकते हैं कि YouTube पे आखिर कितनी वीडियो एक दिन में डाली जाती होगी, जिस कारण से आज YouTube पे अधिकतर से अधिकतर लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं यूट्यूब को अपना बेस्ट प्लेटफॉर्म अपने अर्निंग मनी की जरिया भी बनाना चाहते हैं तो चलिए हम ये भी देखेंगे कि आखिर लोग करना क्यों चाहते हैं इस पर और कुछ इस यूट्यूब पर दिया जाता है तो वैसे तो हर कोई चाहता है कि यूट्यूब पर अपना चैनल हो अपना नाम हो ठहर हो पैसा हो बट इसके लिए क्या जरूरी है मैं आपको ये भी बताऊँगा तो वीडियो में बने रहिए अच्छा लगे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए तो आखिर युवाओं को इतना इंटरेस्ट यूट्यूब में आखिर हुआ कर पाँच साल पहले पाँच साल छः साल पहले तो इतने इंटरेस्ट नहीं थे कि इतने क्रिएटर भी नहीं हुआ करते थे हर एक उम्र का आपको अभी क्रिएटर मिलेगा और यूट्यूब का यही तो फायदा है और यूट्यूब हर एक को सेम बेस और सेम प्लेटफॉर्म देता है आप उस पे आइए आपको जो भी पता है आप उसे शेयर कीजिए अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ दूसरों लोगों के आज यूट्यूब पे इतना फेमस लोग कैसे हो रहे हैं कि आपको हर एज का यूट्यूबर देखने को मिल ही जाता है लमसम जब आप कोई भी एक वीडियो या किसी भी एक बार आप यूट्यूब तो बोलते हैं तो आपको वहाँ पर हर एक उम्र का क्रिएटर आपको देखने ज़रूर मिलेगा उनसे कंपटीशन कर रहे हैं ताकि उनका भी चैनल कुछ आगे और कुछ अच्छा सा ग्रो हो सके तभी तो तभी तो हम आपके लिए ये वाले वीडियो और हमारे पे जो क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर हम यूट्यूब में ज्वाइन क्यों हैं आखिर यूट्यूब ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है यूट्यूब पर हम शॉर्ट क्यों डालें आखिर शॉर्ट होता क्या है ये सब मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर यूट्यूब हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तत्काल में क्यों हो गया है तो आज हम इस वीडियो को थोड़ी सी आगे और थोड़ी सी बेस्ट बनाने के लिए आपको कुछ जानकारी बट ये नहीं कि 2005 में बना और वो डायरेक्ट फेमस हो गया ऐसा ही नहीं हां जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं और हमारा कंटेंट लोगों को जब तक पसंद नहीं आता तब तक वीडियो वायरल तो होती नहीं है उसी तरह यूट्यूब का भी हुआ जब लोगों को इसे पसंद आया तब 2005 से 2006 एक साल के अंदर YouTube को सबसे पहले नहीं Google ने, ने पार्टनरशिप दे दी जिससे कारण ये हुआ कि और लोगों के प्रति उसका प्यार जो था एट्रैक्शन वो बढ़ता गया YouTube का YouTube जो है 2006 में ज्वाइन कर लिया था Google का हिस्सा जो हो गया था उसके बाद लोग YouTube को थोड़ा और अच्छे से जानने लगे क्योंकि आप Google पे सर्च ये या YouTube पे जो भी सर्च करते हैं 90% Google पे भी वो अवेलेबल ही रहता है ऐसा नहीं है कि Google और YouTube अलग अलग है हाँ कुछ मामले में कुछ मेन पॉइंट पे आप उसका चीज़ इस सर्च जरूर कर सकते हैं तो पहले हम जानते हैं कि यूट्यूबर हमको बनना क्यों है लोगों का अधिकतर सवाल इसी पे होता है क्या कि आखिर भैया हम यूट्यूबर क्यों बने है? और यूट्यूबर अगर बनते हैं तो इसमें हमको क्या फ़ायदा मिलेगा आपके पास इस सवाल का एकदम मस्त जवाब होना चाहिए क्योंकि आप YouTube YouTube पर क्रिएट आप अपना चैनल बना रहे हैं आप यूट्यूबर कर क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप अगर YouTube ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्ट एक सवाल और आपके पास एक अच्छे से जवाब होना चाहिए क्या आखिर हम क्यों YouTube ज्वाइन करना चाहते हैं आखिर हमको क्या चाहिए यूट्यूब से आखिर क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर मतलब नहीं के बराबर तो आप ये सब सोच कर ही YouTube ज्वाइन कीजिएगा ठीक है तो इस फील्ड में उतरने का रीजन और मकसद क्या होना चाहिए वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए तभी तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं ना सर कुछ पता भी नहीं हो आपने कुछ जाना नहीं हो आपसे वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं और आपका वीडियो वायरल ऐसा नहीं होता आप उसके पूरे प्रोसेस से चलिएगा कैसे ट्राई करनी है कैसे लगानी है व्यू आनी है टाइटल लगाना है क्या डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए वो सब आपको परफेक्ट रखनी होती है ये बातें हम थोड़ी आगे बताएंगे आपको तो अभी हम जो बोल रहे हैं आप थोड़ा उस पर फोकस कीजिएगा ठीक है अनलोग जब जब हमारे साथ शेयर करते हैं अपना नॉलेज और भाई पूछते हैं हमसे भैया मुझे ये पता नहीं तो मैं उन्हें बताया कि भाई मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा और उसी तरह यूट्यूब भी आपको सभी जरूरत आपका पूरा करेगा वैसे इसमें तो आपको नेम फेम मनी सब कुछ मिलेगा परफेक्ट एम ना होगा तो आप कैसे ज्वाइन कीजिएगा मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको जब आपका माइंडसेट सेट यूट्यूब चैनल को लेकर एकदम सटीक होगा तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हो सकते हैं और इस पे अपने मन से और अच्छे से काम भी कर सकते हैं तो पॉपुलर तो होने के लिए प्लेटफॉर्म को हम यूज कैसे करें यूट्यूब को यूज कैसे करें तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर यूज कैसे करना है हमें देखिए जो ये YouTube बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में से एक है इस पर आपको हर एक चीज़ किसी सभी के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो से अपलोड कर सकते हो इसे क्रिएट करके आप अपना वीडियोस आगे वायरल कर सकते हो जिससे आपको मनी भी मिल सकती है फैम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा जो आप चाहिए आप एक अच्छे यूट्यूबर के तौर पर लोगों से जाने भी जाइएगा तो आखिर ऐसा क्या है तो बिग प्लेटफॉर्म है ऐसे ही यूट्यूब तो बहुत बड़ा बिग प्लेटफॉर्म है तो चलिए हम इसके दो तो तीन पार्ट जानते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या करना होगा इसके बेस्ट डिशेस जो है मैं आपको उस पर डिस्क्राइब करता तो सबसे पहला कि हम यूट्यूब पे क्रिएट क्रिएट क्रिएट वीडियो क्यों करें वाई आई क्रिएट वीडियो यूट्यूब तो मैं आपको पहले भी बताया था कि आप यूट्यूब पर YouTube ज्वाइन क्यों करिएगा ये सब तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ आप उसे भी चेक कीजिए तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ फुल्ली वात जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक आपका हमारे लिए बहुत जरूरी है आप देखते नहीं है फुल वीडियो आप आधे देख के भाग जाते हैं ऐसा मत कीजिए क्योंकि उससे हम लोग का थोड़ा सा मनोबल छोटा हो जाता है आप चाहते हैं कि हम एक ही दो मिनट में आपको समझाएँ या एक ही दो तीन मिनट की वीडियो बनाएँ तो आप ऐसा कॉमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है और अगर ऐसा बात नहीं है तो आप हमें अपनी पूरी वीडियो देख सकते हैं पूरी वीडियो देखिए उसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं तो आप उससे देख के आप समझ सक जाइएगा आप खुद समझ जाइएगा कि ये क्या है आखिर भैया हमको क्या समझाना चाहते हैं तो फर्स्ट तो हमने YouTube के इसे जान करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब हम यूट्यूब पहले देखते थे तो इसमें देखने वाले लोग काफ़ी हैं क्योंकि सिर्फ ट्वेंटी लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूजर है हम आपको इसलिए कहें कि मोबाइल से जो यूज करते हैं, मोबाइल से अपलोड करते हैं, मोबाइल से आप ऐसा नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तभी आप YouTube ज्वाइन कर सकते नहीं ऐसा नहीं है आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर आप अपने मोबाइल से क्रिएट करके, कर एडिट कर, कर कर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ये यूट्यूब का सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म है तो और आपको दूसरा नंबर क्या रखना है कि आप प्लेट इस प्लेटफॉर्म को इस आइडिया के तहत यूज करना चाहते हैं आपको ये होना और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है इस कारण से आपको अपने यूट्यूब का चैनल शुरू करने में थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और दूसरा और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको आइडिया से पहले चूज करनी होगी आप किस आइडिया के तहत मतलब लोगों को अपने वीडियो को माध्यम से समझाना चाहते हैं अपना जो बेस्ट वैल्यू है आप उसे देना चाहते हैं ऑडियंस को किस आधार पर इसे आपको सबसे पहले बेस्ट रीजन मैंने बताया ना आपको नॉलेज होगा तभी आप यूट्यूब पे फेमस भी हो सकते हैं आपका वीडियो वायरल होगा यूट्यूब आपका चैनल का मोनिटाइज और ग्रो तभी करेगा जब आपका ओरिजिन कॉन्टेंट तो आप लोग यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से तो जो नए आए हो प्लीज़ हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना क्योंकि आपका एक शेयर और आपके एक लाइक से हम लोग जैसे क्रिएटर का दिल थोड़ा सा मनोबल और दिल दोनों बड़ा हो जाता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए